हाँ नी है फौजी बाली पजामी ना नहीं कहते हैं लो बाली बजाने का मास्क लगाने का बोले तो देखो हाथ में लगाने का बैठे थे सारे हाथ में घड़ी टाइम बताने का नेचर, नेचर में आया मैं देखो पर वर्तन की बातें ना करता बातें यहाँ करते